भैया पता फिर भूला पाप हा गया पानी सब अपने अपने घर से लाना पानी वो लेके आया तारुज तारुज लाया क्या आगा। आगा। आगा।